हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का आज के इस क्लासेस में आज की स्टूडियो में हम लोग हिंदी हंड्रेड मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं क्योंकि आप एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है इसलिए अभी आपको चाहिए कि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन्ही प्रकार के प्रश्नों को जो है अभी आपको करना है ठीक है तो मैं आपके लिए आज कुछ वैसे ही प्रश्नों को वैसे ही चुनाव प्रश्न को लेकर आया हूँ जो की आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्रश्न का आंसर आपको ध्यान पूर्वक ईमानदारी से अच्छे से देना है डरना नहीं है पहले क्वेश्चन को पढ़ के तभी देना है इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको यह समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और जितनी भी तैयारी हो बस आपको मेहनत तो करना ही है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ये जो है हिंदी का है, करते हैं पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आप सबको ये तो पता ही है कि आपके एग्जाम में सौ प्रश्न रहेगा सौ में से आपको कितना पचास का ही जवाब देना है ठीक है पहला प्रश्न बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआ जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है कैसे बहस करके झगड़ा करके बातचीत के जरिए हंसने से तो हम सब जानते हैं अगर किसी आदमी से आपको दुश्मनी है किसी आदमी से अगर आपको बिना मतलब का दुश्मनी बिना मतलब का तो नहीं होता है लेकिन अगर आपको किसी आदमी से किसी भी प्रकार का दुश्मनी है तो वो कैसे खत्म होगा तो वो बिल्कुल बातचीत के जरिए ही होगा अच्छे से बातचीत करेंगे तो झगड़ा करेंगे तो और झगड़ा बढ़ेगा बहस करेंगे तो वो भी बहस करेगा है कि नहीं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका करबक के कवि का नाम क्या है फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ठीक है बताइए करबक के कवि का नाम क्या है बहुत बढ़िया कबीरदास होगा सूरदास मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी तो करबक के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी तो की कविता कौन सी है तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता का नाम है करबक है ना अभी हम लोगों ने देखा कि करबक के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी और वही प्रश्न को घुमा के उल्टा पूछ दिया कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है तो वो है करबक तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था तो हम सब जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है वो कब हुआ था तो वो चौदह में हुआ था राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे फोर नंबर का ठीक है अगला प्रश्न है जैसी के पिता का नाम क्या था जैसी के पिता का नाम था शेख यमरे ठीक है तो राइट आंसर आपका फाइव का बी हो जाएगा अब अगला प्रश्न देखिए सिक्स नंबर जैसा काम वैसा परिणाम ये जो है किस लेख के द्वारा रचित प्रहसन है जैसा काम वैसा प्रणाम ये किस लेख के द्वारा लिखा गया है, है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है राए राए आपका सी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है अगला प्रश्न है पिता का नाम क्या था तो बालकृष्ण भट्ट पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट राइट आंसर आपके हो जाएंगे बी बालकृष्ण भट्ट पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था अगला प्रश्न है दमयंती सु, दमयंती किस लेखक की रचना है बताइए ये जो है किस लेखक की रचना है तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर आपका बालकृष्ण भट्ट के तो आपको अगर पूछ दे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या रचना किया गया तो वह दमयंती तो राइट आंसर हो जाएंगे सी एट नंबर का अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नाइन हिंदी ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर टेन तेरी कुर्माई हो गई क्या जब लड़का बोलता है लहना सिंह से बोलता है लहना ले, सिंह जब बोलता है कि तेरी कुर्माई हो गई क्या तो ये जो है किस कहानी से संबंध है बताइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोज से उसने कहा था से त्रिक्ष से जुठन से बिल्कुल ये जो है उसने कहा था से लिया गया है टेन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ध्यान रखिएगा तेरी कुर्माई हो गई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई क्या है ना ऐसी बोल है सकते, है, तेरी तेरी सकते हैं तो तेरी सूरदास सूरदास जो है तो अधीय आंसर हो जाएंगे आपके इलेवंथ का ऑप्शन ए अगला प्रश्न है किस धारा के कवि है तो सूरदास जो है वो आपके कृष्ण श्रेय धारा के कवि है तो Right answer 12 का आपका हो जाएगा। की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग होगा, होगा, होगा, होगा। पद बहुत हो बहुत ही जबरदस्त, बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सही आंसर देना है बहुत ही जबरदस्त डीयर क्या बात है नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपकी बस ऐसे ही आपको तैयारी करनी है ऐसे ही आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करना है ठीक है सूरदास की कौन सी रचना है थर्टिन का बिल्कुल आंसर जाएगा पद ऑप्शन आप आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला प्रश्न सुरक्षा जो है सूरदास जो है वो किस भक्ति के कवि है राम भक्ति के कृष्ण भक्ति के मात्र भक्ति के या फिर देश भक्ति के तो सूरदास जो है सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि है तो राइटीन का आपका बी हो जाएगा अगला प्रश्न घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही ये जो पंक्ति है कहा था से लिखा गया, लिया गया है तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही ये जो लिया गया है यह पंक्ति किससे लिया गया है उसने कहा था से ठीक है तो फिफ्टीन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अब अगला प्रश्न है बुद्ध का कांटा ये जो रचना है वो किसका रचना है तो बुद्ध का काटा जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का रचना है राइट आंसर सिक्सटीन का आपका बी हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है दलविहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में है 17 का बिल्कुल पर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद ठीक है इसी के मूल उद्देश्यों में जो है दलविहीन लोकतंत्र है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेवनटीन नंबर प्रश्न का अब अगला प्रश्न है जो की काफी इंपोर्टेंट जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था हम सब जानते हैं जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था ठीक है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ दिया था पटना गांधी में ध्यान रखिएगा ना पटना गांधी के गांधी पटना सॉरी पटना में गांधी मैदान में ठीक है तो राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है कई बार आप लोग को राइट आंसर लगाना है तो प्रश्न आपका था तुलसीदास का जन्म कब हुआ बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है एक एक स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दिया है पंद्रह ठीक है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था तो हम सब जानते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था यूपी में हुआ था राइट आंसर को जाना है अभी ना जाने कितने मिलो इसी देश की जनता को जाना है ये बात किसने कहा था तो यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था राइट आंसर ट्वेंटी का आपका बिल्कुल सी हो जाएंगे ठीक है हम लोग जो है जो आपका दो हजार इक्कीस का और दो हजार का पोलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक का प्रश्न अभी हुआ है उसको हम लोग सात बजे से करेंगे ठीक है क्योंकि दो साल का है ज़्यादा घंटा समय लगेगा तो पूरे क्वेश्चन बाकी प्रश्न आपको करवा थे, उनको जो नहीं देखे उसको भी जरूर देख लीजिएगा फिर उसके बाद ठीक है चलिए इंपॉर्टेंट है किसने कहा था अभी ना जाने कितने बिल देश की जनता को जाना यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ठीक है अगला प्रश्न आपका किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था तो उस अस्पताल का नाम आपको बताना है बिल्कुल विलिंगडन विलिंग नर्सिंग होम राइट आंसर आपका ट्वेंटी टू का बिल्कुल डी हो जाएगा अब अगला प्रश्न ट्वेंटी थ्री नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है नारी और नर जो है वो एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं जो पंक्ति है वो किस शीर्षक ली गई है यह पंक्ति जो है वो अर्धनारेश्वर से ली गई है राइट आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा अगला प्रश्न है दिनकर जी को निम्न म से कौन सा पुरस्कार दिया गया था तो दिनकर जी को जो है पद्म का पुरस्कार दिया गया था राइट आंसर आपका बी हो जाएगा छप्पे शीर्षक की रचिता कौन है तो छप्पे शीर्षक के रचिता का नाम है राभा ध्यान रहेगा आप लोग को बिल्कुल छप्पे शीर्षक के रचिता का नाम है नावादास राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नाबादास की कौन सी रचना है तो नाबादास की रचना का नाम है छप्पे है ना वही चीज घुमा घुमा के आपको पूछा जा रहा है ट्वेंटी सिक्स का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा अगला प्रश्न है आपका अर्धना पाठ के लेखक कौन है यह अर्धनाडेश्वर किसकी रचना है तो अर्धनाश्वर पाठ के लेखक का नाम जो है वह रामधारी सिंह दिनकर ठीक है ऑप्शन भी आपका ट्वेंटी सेवन का बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनाश्वर आप लोग बताएंगे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा अर्धनाश्वर अगला प्रश्न आपका भूषण ने कौन सी कविता लिखी है छप्पे लिखी है पद लिखी है कविता लिखी है यार कार्बक लिखी है तो भूषण ने जो है कौन सी कविता लिखी है बिल्कुल भूषण ने जो है कविता कविता को लिखी है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है तो कवित्र शीर्षक कविता के कवि का नाम है भूषण ठीक है राइट आंसर हो जाएगा आपका ठीक बी वही प्रश्न आपको देखिए घुमा घुमा पूछा जा रहा है अब अगला प्रश्न आपका निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है बताइए ये, ये जो गैंग्रीन शब्द है वो किस कहानी में उसने कहाता में है रोज में है या फिर तिरिज में है या फिर रस्सी का टुकड़ा में है थर्टी वन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रोज में है ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या बात है बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार आप लोगों के आंसर आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मस्त आप लोगों का आंसर आ रहा है चलिए अगला प्रश्न देखिए मालती किस कहानी की पात्र है अगर किसी से कोई गलत हो रहा हो तो प्लीज स्क्रीन शॉट लेते हुए मालती जो है वो किस कहानी की पात्र है तो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है ठीक है मालती रोज कहानी क्योंकि रोज में मालती जी के बारे में बताया गया है कि वो रोज मर्रा जिंदगी में रोज का रोज वही काम करती है, है ना अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है तो जयशंकर प्रसाद जो है तुमुललाहल कलह में इसी कविता को लिखी है ठीक है तो राइट आंसर 33 का आपका बी हो जाएगा अब अगला प्रश्न आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है, है? तो किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं बताइए रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं तो ये बात पूछा था लेखक ने ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा थर्टी फाइव का अगला प्रश्न आपका थर्टी सिक्स नंबर सच्चिदानंद हिरानंद वात जिनका शॉर्ट नाम हम लोग बोलते हैं अज्ञा जी है ना तो ये जो है किनके दुरा, इसके द्वारा जो लिखी गई कहानी है वो कौन सी है ना तो ऑप्शन बी हो जाएगा तो रोज जो है वो सचिदानंद हिरानंद वात्सयान के द्वारा लिखा गया है यानी कि अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्न आपका एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह सबसे पहले याद रखियेगा एक लेख और एक पत्र जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है आप सबको पता है ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है अब आपको बोलना है कि ये जो पत्र है वो किसके लिए लिखा गया था तो ये जो पत्र है वो लिखा गया था सुखदेव के लिए ठीक है तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है सुखदेव को एक पत्र लिखा था राइट आंसर ने कैसी मूर्तियों को सुंदर कहा था तो आप सबको पता है, है फांसी दी गई थी है ना? और भगत सिंह ने जो है कैसी मूर्तियों को सुंदर कहा तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को यानी कि देश सेवा के बदले अगर फांसी दी जाती है तो इस मृत्यु को जो है भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थर्टी नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न शीर्षक है तो शीर्षक है जन इलाहाबाद में हुआ था राइट आंसर फोर्टी का सी हो जाएंगे अगला प्रश्न आपका पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है ये जो रचना है वो है भगत सिंह का ठीक है तो राइट आंसर फोर्टी वन का आपका ए हो जाएगा एक लेख और एक पत्रकार तो ने देखाकार तो है, है? तो सही जवाब हो जाएगा गहरे और विशाल यानी कि यहाँ पर जो ताल दिया गया है जो ट्यून दिया गया है वो कैसा है तो गहरे और विशाल है ठीक है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अगला प्रश्न जो की काफी इंपॉर्टेंट है बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं एक एक स्टूडेंट एक बात है लेकिन आप लोगों को हिंदी की तैयारी जो है ना वो बहुत जबरदस्त है ठीक है क्योंकि एक एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है अब अगला प्रश्न आपका शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है वो ऊषा कविता लिखी है ऑप्शन आपका वी सही हो जाएगा फोर्टी नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न आपका शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है ठीक है फोर्टी सिक्स का राइटर आपका सी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा शांत रहा चंचल रहा या फिर गर्म रहा या फिर ठंडा रहा फोर्टी सेवन का राइटर हो जाएगा चंचल रहा ठीक है ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोग जो है हिंदी का भी 2009 से लेकर के दो तक ठीक है जितना भी प्रश्न आपको पूछा गया है उसको भी बहुत जल्द करवाने वाले हैं जस्ट दो से तीन दिन के अंदर में बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए तो हिंदी का भी हम लोग बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं आप लोग तैयार है ना बस वैसे ही छह बजे शुरू करेंगे और सारा हिंदी का प्रश्न जो है आपको बहुत ही जल्द करवाएंगे सारा जितना भी आपको पूछा गया है जैसे आपको हिस्ट्री में करवाए पोलिटिकल में करवाए वैसे हिंदी में भी करवाएंगे इसलिए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ठीक है चलिए गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है बिल्कुल राइटर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब अगला प्रश्न आपका सरयामन ताल का जल कैसा है मन जो ताल है इसका जो जल है वो कैसा है चंचल स्थिर गहरा है अगला प्रश्न आपका फिफ्टी तो नंबर मुन्नी कौन थी तो आप सबको पता है मुन्नी जो है वो बिजनी की बेटी थी याद रहेगा आप लोग को मुन्नी कौन थी मुन्नी बिचनी की बेटी थी मुन्नी कौन थी मुन्नी बिशनी की बेटी थी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, ये जो कविता है है वो किसके द्वारा द्वारा, लिखा गया रघुवीर के गजानन माधव के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा अशोक वाजपेयी के द्वारा तो 51 का बिल्कुल हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ठीक है तो जन जन का चेहरा एक जो है, वो गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है 51 का भी हो जाएगा अब अगला प्रश्न है 52। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहा हुआ था तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था ठीक है 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था तो मुक्तिबोध जो है बिल्कुल वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था याद रहेगा आप लोगों को मुक्तिबोध जो है वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था ठीक है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 की माँ एकांकी की जो कथा वस्तु है वो किसकी है निम्न निम्न मध्यम वर्ग की उच्च वर्ग की उच्च मध्यम वर्ग की निम्न वर्ग की तो फिफ्टी का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका निम्न मध्य वर्ग की ठीक है तो सिपाही की माँ जो एकांकी है सबसे पहले तो ये याद रखिएगा सिपाही की माँ जो है वो क्या है एकांकी है ठीक है सिपाही की माँ क्या है एकांकी है बातचीत निबंध है कहानी है, उसने क्या है? है. इस आप याद रहना चाहिए तो सिपाही की माँ जो एकांकी है ए हो जाएगा अगला प्रश्न आपका सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है बताइए सिपाही की माँ एकांकी जो है वहां पर बिस्नी जो है वो चारपाई के पास बैठे हुए क्या करती है क्या करती है वो सूत काटती है स्वेटर बुनती है चटाई बुनती है या फिर चावल चुनती है तो 55 का कहानी आप लोग को याद है कि नहीं बिल्कुल 55 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सूत काटती है ठीक है 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा अगला प्रश्न आपका और समाज जो निबंध है ध्यान रखिएगा सबसे वाद विवाद संवाद से ठीक है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाद विवाद संवाद फिफ्टी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी अगला प्रश्न आपका नामोर सिंह का जन्म कहां हुआ था फिफ्टी सेवन का राइट आंसर आपका जाएगा जीवनपुर में ठीक है तो नामोर सिंह का जो जन्म है वो जीवन पूर्व में हुआ था ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न आपका रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी है तो रघुवीर शायद जो है वो अधिनायक कविता लिखी है याद रहेगा आप लोगों को रघुवीर शायद अधिनायक कविता को लिखी है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है ठीक है अधिनायक शीर्षक जो कविता है वो है व्यंग प्रधान टाइप की कविता तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न आपका रघुवीर शाय किस काल के कवि है तो रघुवीर शाय जो है वो आधुनिक काल के कवि है ठीक है तो याद रहेगा ये भी आपको याद रखना है रघुवीर सहाय जो है वो आधुनिक काल के कवि है ठीक है बहुत जबरदस्त चलिए अगला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नामवर सिंह की कौन सी रचना है तो नामवर सिंह की रचना का नाम है प्रगति और समाज अभी हम लोगों ने देखा कि प्रगति और समाज जो है वो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जिसको भी पीडीएफ नोट चाहिए आज जो भी पहले पेमेंट कर दिए ठीक है आज सबको बजे बजे एक क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा डोंट वरी डियर जो भी पेमेंट पहले कर दिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट कर दिए हैं तो उन सारे को पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को परेशान नहीं होना सारा पीडीएफ आपको आज हर हाल में मिलेगा ठीक एंड एक बात आप लोग को कहना चाहते हैं अगर कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं आपको कई और बता चुका हूँ चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो चाहे वो प्रीवियस वे वाला क्वेश्चन हो या स्पेशल टाइप क्वेश्चन हो गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या फिर नोट्स हो या फिर आ, क्या कहता है उसको क्वीज वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह किसी को देना हो तो आप जो है इस नंबर पर सेवन सिक्स सिक्स सेवन फाइव थ्री टू थ्री टू जीरो ठीक है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे बहुत ही कम प्राइस में आपको जो है सारा पीडीएफ दिया जा रहा है क्वेश्चन बैंक जितना भी है दो हजार से दो तक सब कुछ आपको मिलेगा इसमें इसमें, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा साथ में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा आप एक बार व्हाट्सएप में मैसेज जरूर करें सिर्फ मैसेज करना है कॉल नहीं करना है बहुत सारे लोग फिर भी कॉल करते हैं प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आ जाता है ठीक है सारा PDF आपको मिलेगा और पूरी तरीके से मिलेगा ठीक है चलिए नामवर सिंह की रचना का है परगीत और समाज अब अगला प्रश्न आपका नामवर सिंह के गुरु कौन थे तो नामोर सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रहेगा आप लोगों को नामवर सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन सी सिक्सटी का बी बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत जबरदस्त अब अगला प्रश्न आपका जूठन क्या है बताइए जूठन क्या है रेखा है शब्द चित्र है कहानी है या फिर आत्मकथा है तो झूठन जो है वो आत्मकथा है याद रहेगा आप लोगों को जूठन क्या है एक आत्मकथा है तो है, है? शुक्ल ने तो शुक जो है प्यारे नन्हे बेटे को ठीक है प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसी को लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका रघुवीर शायद स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था तो रघुवीर साई स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को जो है प्रदान किया गया था उन्नीस में ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भी बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला प्रश्न आपका ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की बताइए ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की मेघ दूत रंग की रंगशाला प्रेम की प्रेमचंद मंच की या फिर इनमें से कोई नहीं तो 67 का जो है ऑप्शन है आपका, आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला प्रश्न आपका जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है तो जूठन के हेडमास्टर का नाम है कालीराम ठीक है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न आपका हस्ते हुए मेरा अखिलान ये किस विद्या की रचना है तो हंसते हुए मेरा अखिलपन जो है वो नाटक विद्या की रचना है राइटन से का डी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका राइटर के द्वारा लिखा गया मेरा है कौन सी कविता लिखी तो आप लोग बताइएगा अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है बिल्कुल हारजी हारजीत जो कविता है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो सेवेंटी वन का राइट आंसर बी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम था निर्मला देवी याद रहेगा बिल्कुल अशोक वाजपेयी के मां का नाम निर्मला देवी था अगला प्रश्न आपका मरियज किस दौड़ के है जो है है जो वो किस दौर के है? 73 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा नई कवि नई कविता के अंतिम दौर के ठीक है तो मलियत जो है वो नई कविता के अंतिम दौर के कवि है सेवन थ्री का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की तो आप सबको पता है मलियज जो है वो कृषि मंत्रालय में नौकरी की ठीक है 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका त्रिज के लेखक कौन है तो के लेखक का नाम है उदय प्रकाश ठीक है तो तिरिज क्या है? आप पता है, जो है वो छिपकली प्रजाति का एक विशैला जीव है ठीक है तो याद रखना आप लोगों को तिरिच अगर आपको पूछ दे कि त्रिज क्या है तो वो छिपकली प्रजाति का जो हम लोग छिपकली देखते हैं ठीक है तो उसी प्रजाति का उसी के जैसा देखने वाला एक विशैला जीव होता है त्रिच तो राइट आंसर सेवेंटी सिक्स का भी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका है अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बी ए किया, तो कि से से, से से किया था तो वो जो है सागर विश्वविद्यालय से बी ए किया था तो राइटर आपका डी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था बताइए अशोक वाजपेयी जो है वो कौन से कॉलेज से एमए किया था तो वो जो है आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली ठीक है इसी कॉलेज से जो है वो एम किया था याद रहेगा कौन अशोक वाजपेयी अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान या फिर कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया दयावती मोदी कविशेखर सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान या फिर पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रोस दो का सम्मान सेवेंटी नाइन का आपका हो जाएगा पहल सम्मान ठीक है तो अशोक वाजपेयी को जो है पहल सम्मान पहल जो पुरस्कार है वो नहीं प्रदान किया गया था ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न आपका त्रिश कहानी किस शैली में लिखी गई है ये जो त्रिश कहानी है वो किस शैली में लिखी गई है तो यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है राइट आंसर आपका बिल्कुल एटी का सी हो जाएगा ठीक है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पढ़ाई जाती है और बहुत ही जल्द हम लोग क्वेश्चन बैंक भी हिंदी का करने वाले हैं दो से तीन दिन के अंदर में पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका सात बजे अभी होगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा ठीक है और प्लीज आप लोग बताएंगे कि अस्सी में से आप लोगों ने जो है कितना सही किया फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा अस्सी में से आप लोगों ने कितना सही किया और प्लीज एक चीज और आप लोग को हम कई बार बोल चुके हैं कि देखिए जो भी गूगल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो वहां पर जाइएगा तो ये सारा गूगल में भी आपको मिल जाएगा करना क्या है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं सिंपली आपको गूगल में जाना है वहां पर जो है आपको लिखना है, तनु है। तनु के जैसे ही आप ऊपर में क्लिक कीजिएगा ठीक है वन सेकेंड जैसी आप ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा तनु क्लासेस डॉट कॉम आपको सर्च करना है में, तो इस प्रकार आपको वेबसाइट खुलेगा यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर डाउनलोड देखते हैं इसमें क्लिक कीजिएगा अगर आप तो आप बंद करें खोलें जो भी आपको करना कर दीजिएगा आइएगा नीचे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का 10 सेट 5 सेट करके मिल जाएगा जैसा आप देख सकते हैं ठीक है तो कोई भी मॉडल पेपर के लिए आपको यहाँ पर आप क्लिक करना है सिंपली क्लिक हेयर में वो मॉडल पेपर मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा और नीचे आ जाइए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सारा चीज यहाँ पर कर सकते हैं सोशोलॉजी साइकोलॉजी सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ आप जैसे देख सकते हैं ठीक है तो सारा चीज लेने के लिए आप सिंपली गूगल पर जाइएगा और पर आपको तनु लिखना है और सारा आपको वहां आप पर मिल जाएगा तो प्लीज आप लोगों को कम से कम आधा से एक घंटा देना है वेबसाइट पर रोज का रोज गूगल पर ठीक है चलिए